तुम्हें अपना ईमान मुबारक हमें अपना कुरान मुबारक और आप सबको दिल की गहराइयों सब से सबसे पहले माहिर रमज़ान मुबारक